गाइज पंजाब के बठिंडा से लेकर राजस्थान के बीकानेर तक चलने वाली ट्रेन नंबर 54703 को कैंसर एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता क्योंकि गाइज इसमें सफर करने वाले लोगों में से 70 परसेंट लोग कैंसर पेशेंट होते जो कि गाइज राजस्थान के बीकानेर में स्थित आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में इलाज करवाने जाते जहाँ सस्ता इलाज के साथ साथ रहने खाने और सोने के भी अच्छा सुविधा है काइज आपको इस हॉस्पिटल और ट्रेन के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सपोर्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में